का दोस्त महादेव वेलकम बैक टू रियर टेडल हमेशा की जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे तो आज हम लोग निफ्टी निफ्ट फिफ्टी का फुल एनालिसिस देखेंगे मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह ट्रेड करने का चांस है वो भी आज हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीक यानी पूरा नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह उसका बिहेवियर रहेगा किस तरह ट्रेड करने के चांसेस है वो भी आज आ, आज हम लोग आज के एनालिसिस में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पन, फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने से एक बहुत एक पैटर्न हमेशा -E के जैसे एक एक्स ए बी सी टी पैटर्न ड्रा किया मैंने उसके बाद मैंने लेवल भी ऑलरेडी में, में मेंशन किया है में लेवल तो हमारा अगर मंडे का अगर व्यू अगर सोचेंगे मंडे मंडे में हमारा अगर सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी यानी जो हाई लगाया था मंडे को वही हाई से मैंने काउंट के लेवल 17,475 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है और ऊपर के साइड में अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट आ रहा है हमारा 17,500 थाउजेंड फाइव ये मैंने ये एक्स ए बी सी डी के जो हार्मेनिक पैटर्न है 1.131 इस वन पॉइंट तो जो पेयरजेड एरिया है ये पेयरजेड एरिया के हिसाब से मैंने वो लिया है सेवनटीन अगर इसके ऊपर ही मार्केट अगर पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करता तो उसके हिसाब से हमारा ये एक्स ए बी सी डी के हिसाब से 1.414 1.414 फोर वन जो पे आर जेड है वही पे आर जेड एरिया के हिसाब से मेन ए लेवल काउंट किया है सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड या सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी तो अगर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट आ रहा है जो रजिस्टेंस बन रहा है हमारा मेन रजिस्टेंस सेवनटीन या सेवनटीन थाउजेंड ठीक है ये हम मैं आपको ऊपर के लेवल यानी इंटर लेवल दे रहा हूँ मंडे का मंडे के सेक्शन में मार्केट किस तरह ट्रेड करने की संभावना ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं और नीचे का हम लोग अगर सपोर्ट लेवल देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है 17,350 के नीचे हमारा एक सेलिंग व्यू बनता है अदरवाइज सेलिंग व्यू नहीं बन सकता है तो सेवनटीन के नीचे अगर प्राइस क्लोज करता है सेवनटीन के नीचे तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है 17,300 ये जो नीचे वाला जो सपोर्ट बताया मैंने सेवनटीन थाउजेंड थ्री के नीचे भी अगर मार्केट आने की कोशिश करें तो उसके हिसाब से हमारा था। सेकंड टारगेट है 17,260 अगर नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू करता है मंडे के सेक्शन में तो हमारा उसके साथ जो स्ट्रॉग सपोर्ट है मैं लास्ट थी दो तीन सेशन में बता रहा हूँ सेवनटीन थाउजेंड ये हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट बनकर आ रहा है तो मैं 17,200 भी मंडे के लिए मैं ये लेवल दे रहा हूँ अगर नीचे उसके नीचे भी अगर निगेटिव कंटिन्यू करता है ट्रेड तो 17,160 जो वन हंड्रेड्टी में लो लगाया था सेवनटीन वो लो के हिसाब से टारगेट दे रहा हूँ इसमें तो एक ये, ये सब पॉइंट आप नोट करके रख रख सकते हैं आपको मंडे के लिए काम पे आ सकते हैं ये सब लेवल ये मैंने इंटर लेवल मैं आपको बता रहा हूँ और जो फ्राइडे का मार्केट फ्राइडे को मार्केट किस तरह ट्रेंड किया वो भी हम लोग इंटर चार्ट लगा के दे उसके ऊपर भी हम चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर इंटर डे चार्ट लगा तीन मिनट टाइम फ्रेम का एक मिनट दीजिएगा ये मैंने तीन मिनट का इंटर चार्ट लगाया मैंने मार्केट नॉर्मल फ्लैट फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं में नहीं कर पाया मार्केट पूरा दिन एक ही के एक ही रेंज में मार्केट सिस्टम रेंज में एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दिया हम लोग को प्राइडे का सेक्शन तो मैंने एक शेयर भी किया था हम, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है रियर ट्रेडर उसमें मैंने बताया था हम लास्ट अगर फाइव फाइव फ्राइडम का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसमें लास्ट फाइव फ्राइडे का सेक्शन हाँ कि रेंज बाउ मार्केट की तरह ही ट्रेड करता रहा लास्ट या हमारा फिफ्थ फ्राइडे था इसलिए मैंने वो शेयर किया था हमारे रियल ट्रेडर जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल उसके ऊपर मैंने बताया था और ऐसे मार्केट में हमेशा दूर रहना बेटर रहेगा मा ऐसे मगर मार्केट में कभी ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए गई नहीं तो हमेशा लॉस होने का ही बहुत सारे चांसेस इसमें ठीक है तो मैंने ऑलरेडी इंटरडे लेवल मैंने बताया इस वीडियो में और फ्राइडे का सेटअप के साथ वो भी मैंने बताया तो हम लोग अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट की मार्केट का किस तरह बेहोर रहेगा रहे किस तरह मार्केट ट्रेड करने का चांसेस है वो भी हम लोग डेली टाइम फ्रेम से देखेंगे हम लोग यहाँ पे मैंने निफ्टी फिफ्टी का डेली टाइम फ्रेम लगाया मैंने सबसे पहले आपको एक मैं बताना चाहता हूँ ऊपर से भी हमारा एक एक ट्रेन लाइन डायनेमिक रेजिस्टेंट ट्रेन लाइन ऊपर से मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है 19 अक्टूबर 18 जनवरी 5, 5 फाइव अप्रैल यहाँ पर मैंने टाइम्स उसने रिस्पेक्ट देख ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट दे के मार्केट ने रिवर्सअप बताया था यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दे रिवर्स बताया फिफ्थ अप्रैल को भी एक रिस्पेक्ट दे के मार्केट रिवर्स अच्छा खासा रिवर्स बताया मार्केट ठीक है इस तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा इसका थोड़ा ध्यान इसके ऊपर हम लोग सतर्क करने चाहिए उसमें अलर्ट रहने चाहिए ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट ये मैंने पूरा नेक्स्ट वीक का हम लोग बात कर करें इंटरटी लेवल ने बता रहा हूँ मैं ऑलरेडी इंटरटी लेवल मैंने डिस्कस किया है ये वीडियो में तो सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर ही अगर मार्केट रजिस्टर करता तो हमारा उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट आ रहा है सेवटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड्रेड्रेड्रेड एंड फिफ्टी एंड सेवटीन थाउजेंड एट हंड्रेड्रेड्रेड्रेड मैंने ऑलरेडीडीड इंटरनेटलो लेवल भी दिया है इसके इसके हिसाब से मैं उसका पूरा वीक का मतलब उसके ऊपर का लेवल नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि करेक्शन नहीं रिट्लेसमेंट आने का उम्मीद है यहाँ से हमारा एक तो सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं एक तो सेवनटीन से रिवर्स आने की संभावना है नहीं तो के से भी रिवर्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं ठीक है गई ये रहे हमारे ऊपर वाले लेवल अगर नीचे वाले हम लोग अगर सपोर्ट वीक पूरा वीक का वीक वीक का बात कर रहे हैं सेवनटीन थाउजेंड के नीचे हमारा एक सीलिंग भी बना सकते हैं तो उसका से उसके साथ हमारा सपोर्ट आ रहा है सिक्सटी थाउजेंड एट या सिक्सटीन ये हमारे पूरा वीक के लेवल में बता रहा हूँ इसके ऊपर हम लोग ट्रेड इंटरडे सेटअप नहीं बना सकते जस्ट मैं ओवरऑल पूरा वीक में मार्केट किस तरह ट्रेड करने की संभावना है ये मैं बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ मैं ठीक है ठीक है गाई तो ये हो गया हमारा पूरा वीकली वीकली रेंज तो मैंने ऑलरेडी निफ्टी फिफ्टी के ऊपर पंद्रह मिनट टाइम फिर इंटरटी लेवल मैंने आपको इसके इंटरटी लेवल के ऊपर मैंने डिस्कस किया है और जो फ्राइडे का सीटअप था उसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको पूरा इंटरटी लेवल वीकली रेंज आपको मालूम पड़े होंगे तो मैं ये वी ये वीडियो यहीं पर यहीं ख़त्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मंडे के सेशन में नया व्यू के साथ नया एनालिसिस नया एनालिसिस नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग तब तक के लिए अलविदा दोस्तों अगर अपना ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा शेयर करिए शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू धन्यवाद जय हिंद